इस हाईवे पर भूलकर भी अकेले नहीं जाते लोग जानिए इसे क्यों कहा जाता है दुनिया की आखिरी सड़क आपने शायद ही कभी दुनिया की आखिरी सड़क के बारे में सुना है आज हम आपको एक ऐसा ही सड़क के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दुनिया की आखिरी सड़क कहा जाता है यह नॉर्वे का आखिरी छोर पर है इस सड़क का नाम ही उनहत्तर है जो पृथ्वी के छोर और नॉर्वे को आपस में जोड़ती है इस सड़क के आगे कोई अन्य सड़क नहीं है क्योंकि इसके आगे बर्फ के अलावा सिर्फ समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है दरअसल ये उनहत्तर एक हाईवे है जो करीब 14 किलोमीटर लंबा है इस हाईवे पर ऐसी कई जगहें हैं जहां अकेले पैदल चलना या गाड़ी चलाना भी मना है कई लोग एक साथ हों तभी आप यहां से गुजर सकते हैं इसके पीछे वजह यह है कि हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी होने के कारण यहां खो जाने का खतरा हमेशा बना रहता है उत्तरी ध्रुव के पास होने के कारण यहां सर्दियों के मौसम में न तो रातें खत्म होती हैं और न ही गर्मियों में कभी सूरज डूबता है यहां अलग दुनिया में होने का एहसास होता है कभी कभी तो यहां लगभग 6 महीने तक सूरज नहीं दिखाई देता सर्दियों में यहां का तापमान माइनस डिग्री से -26 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच जाता है और गर्मियों में यहां का तापमान औसत जमाव बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है यही नहीं इतना ठंडा होने के बावजूद भी यहां लोग रहते हैं अब दुनिया भर से लोग उत्तरी ध्रुव घूमने के लिए आते हैं यहाँ उन्हें एक अलग दुनिया में होने का एहसास होता है यहां डूबता हुआ सूरज और पोलर लाइट्स तो देखते ही बनता है गहरे नीले आसमान में कभी हरी तो कभी गुलाबी रोशनी देखने को मिलती है पोलर लाइट्स को और भी कहते हैं यह रात के समय दिखाई देता है जब आसमान में गुप्त अंधेरा छाया रहता है